उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का श्रेय लेने को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही इसके लिए ताल ठोक दी है कांग्रेस ने कहा कमलनाथ सरकार में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उज्जैन में महाकाल परिसर के सवारने और उसके विकास के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया था तीन मंत्रियों के दौरे के बाद इसमें काम भी शुरू हो गया था उन्होंने कहा यह कमलनाथ की देन है वही प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कमलनाथ जी को झूठ बोलने की आदत है उन्होंने कहा 2017 में शिवराज सरकार में इसकी शुरुआत हुई थी कमलनाथ सरकार में महाकाल कॉरिडोर योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया महाकाल कॉरिडोर का श्रेय लेने को लेकर जमकर राजनीति हो रही है बीजेपी कांग्रेस में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि महाकाल कॉरिडोर के निर्माण को लेकर शिवराज के झूठ को बेनकाब करती है सरकारी पोस्ट पढ़िए और शेयर व ट्वीट करिए मुख्यमंत्री के ऑफिशियल फेसबुक पर 17 अगस्त 2019 को एक दो पेज की पोस्ट डाली है जिसमें कमलनाथ जी द्वारा 300 करोड़ की योजना शुरू करने की बात और पूरी योजना का विस्तार से वर्णन व बैठक के फोटो भी डालते हैं मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सत्रह अगस्त 2019 को ट्वीट हुआ जिसमें कमलनाथ जी द्वारा महाकाल के लिए तीन सौ करोड़ की योजना शुरू करने की बात है जनसंपर्क मध्य प्रदेश द्वारा सत्रह दिसंबर 2019 को भी एक ट्विट हुआ जिसमें कमलनाथ जी द्वारा महाकाल मंदिर परिसर को सवारने के लिए तीन सौ करोड़ की योजना शुरू करने की बात है जनसंपर्क अधिकारी उज्जैन के ऑफिसियल हैंडल से उन्नीस अगस्त दो को ट्वीट हुआ है जिसमें कमलनाथ जी द्वारा महाकाल मंदिर के सुविधा विस्तार की और सौंदर्यीकरण की बात है कमलनाथ जी की जब मध्य प्रदेश में सरकार थी तो उन्होंने महाकाल मंदिर जो उज्जैन का प्रसिद्ध महाकाल मंदिर है उसके विस्तार और सौंदर्यीकरण के लेके एक योजना बनाई थी 7 अगस्त 2019 को मध्य प्रदेश के मंत्रालय में उसको लेके एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी जिसमें उज्जैन के तमाम जनप्रतिनिधि मंदिर समिति से जुड़े सभी लोगों को बुलाया था उनसे सुझाव मांगे थे और तीन करोड़ का बजट भी उन्होंने आवंटित किया था उसके बाद उन्होंने तीन मंत्रियों की एक समिति बनाई थी वो मंत्रियों की समितियों ने उज्जैन का दौरा भी किया माकल मंदिर का दौरा किया लोगों से सुझाव मांगे उसके बाद प्रारंभिक तौर पे काम भी प्रारंभ हो गए फिर कमलनाथ जी की सरकार गिर गई और बाद में उसी योजना को शिवराज सरकार ने आगे बढ़ाया अब शिवराज सरकार ने माकल मंदिर का काम पूरा किया ठीक है उसके लिए उनको धन्यवाद लेकिन शिवराज सरकार उसका झूठा श्रेय ले रही वो कह रही कि हमारा विजन था हमारी सोच थी हमने काम प्रारंभ किया जबकि फाइलों के अंदर ये प्रमाण के रूप में मौजूद है कि इसको लेके काम और विजन कमलनाथ जी की सरकार की देने बजट आवंटन उन्होंने किया काम उन्होंने प्रारंभ किया हाँ हमारी सरकार क्योंकि नहीं तो पूरा भी हम इसे करते अब उनको इस महाकाल कॉरिडोर के पूरा श्रेय शिवराज सरकार को कमलनाथ जी को देना चाहिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए जिसके कारण यह आज योजना मूर्त रूप ले सकी तो निश्चित तौर पर कमलनाथ सरकार की देने इसे प्रदेश की जनता भी जानती है और इसे उज्जैन की जनता भी जानती है प्रदेश के सारे श्रद्धालु जानते हैं कि कमलनाथ जी की सोच के कारण आज ये काम पूरा हो वही मध्य प्रदेश के गृह डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा झूठ का शकल रखने वाले कमलनाथ ने बाबा महाकाल को भी नहीं छोड़ा उन्होंने कहा कमलनाथ ने कांग्रेस और बेरोजगारों से झूठ बोला कमलनाथ जी बाबा महाकाल को तो बक्स देते 2017 में शिवराज सरकार में यह प्रस्ताव बना था दो में इसका टेंडर लगा तब शिवराज जी की सरकार थी कमलनाथ कहां से आ गए उन्होंने कहा कमलनाथ सरकार में यह ठंडे बस्ते में था शिवराज सरकार फिर आई तब छप्पन करोड़ का प्रस्ताव बना जिसमें तीन करोड़ का फर्स्ट फेज है जिसको पीएम मोदी लोकार्पित कर रहे हैं उन्होंने कहा कमलनाथ जी को अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए देखिये कमलनाथ जी को झूठ बोलने का शकल है जैसे किसानों को बोला दो लाख का दस दिन में एक को भी नहीं दिया चार हजार का हर महीने बेरोजगारी भत्ता घर बैठे पंद्रह महीने में साठ हजार एक नहीं दिया कम से कम कमलनाथ जी से प्रार्थना है भगवान भोलेनाथ को महाकाल को तो बक्श देते अरे दो हजार सत्रह में इसको प्रस्ताव बनाया था एक साल में इसकी डीपीआर पी बन के आई थी शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री दो हजार अठारह में इसका टेंडर लगा था वानी शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे ये कहा से आ गए इनके समय में तो ठंडे बस्ते में चला गया जब 2020 में माननीय शिवराज सिंह जी पुणे आए तब फिर इसको विस्तारित किया और 856 करोड़ रुपए का इसका प्रस्ताव बना 351 करोड़ रुपए का ये प्रस्ताव फर्स्ट फेज का है जो माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पित करने आ रहे हैं और सेकेंड फेज का 310 करोड़ का दूसरा चरण इसका बने अब महाकाल को भी नहीं बक्सा कमलनाथ जी गजब अरे अच्छा काम हो रहा है कौन कर रहा है क्या कर रहा है इस पर जाने की जगह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 सैतालीस हेक्टेयर के परिसर में नवनिर्मित श्री महाकाल लोक दर्शन हेतु तैयार है शंकर का संस्कृत में अर्थ बड़ा सरल शंकर का अर्थ संस्कृत में होता है शंकरो तीसरा शंकर यानी जो कल्याण करे वही शंकर है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी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 इस अद्भुत आध्यात्मिक उत्सव के हम साक्षी बने जय भागा आप देख रहे हैं दखल न्यूज